और शख्स अलबिला है क्योंकि दिलों का मेला है आते हैं लोग मुसाफिर की तरह आते हैं लोग मुसाफिर की तरह ढूंढते हैं आशियाना पक्षी की तरह मौसम बदलता है सूखा पड़ता है मौसम बदलता है सूखा पड़ता है भूल जाते हैं वो हर किसी को मानव जैसे अजलमियों की तरह है